ये रे ये रे पाऊ सा तुला देतो पैसा पैसा पैसा की एक कविताओ जल्दी आओ और वो उनको मालूम है किस में गाना है। और बच्चे गाते हैं उसके दो तीन दिन में बारिश आ जाती है क्योंकि उनको समय का पूरा ध्यान है कि ये समय है अब बारिश आने वाली है गाओ हमारे देश में मौसम की इतनी निश्चिंतता है कि मैं भारत में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 हमारे लोग इतने होशियार और अकलमंद हैं कि बकरी के लक्षण देख के बता देते गाँव में आदिवासी हम कहते हैं उनको, आदिवासी तो हम सभी है वास्तव में वो वनवासी है जंगल में रहते हैं हम शहरों में रहते हैं वो जंगल में रहते हैं वो वनवासी है आदिवासी तो हम सब है तो एक गाँव में मैं गया और उनसे मैंने पूछा भाई इस साल मौसम कैसा है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 भयंकर बारिश बारिश बारिश होगी। होगी। इस बार कोयल ने बीचों बीच बनाया है तो सामान्य सामान्य मैं मैं चला आया, मैं चला आया, आया और सच में में उसकी भविष्यवाणी साबित हुई। हुई। उस साल बारिश में हुई। ऐसे एक गांव गया आसाम के पास एक गांव में गया व्याख्यान देने के लिए तो वहां के एक व्यक्ति को पूछा भाई मौसम कैसा है तो उसने कहा राजीव भाई इस बार चीटिया जो है ना